हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि कोई फाइल या कोई फोटो या वीडियो आप अगर कहीं प्राइवेट सेव कर देते हो फिर आपको बाद में मिलता नहीं है खोजने से फाइल वो तो मैं ये रियल मी के फ़ोन में आपको बता रहा हूं इसमें आपको पहले सेटिंग में जाना है अपने सेटिंग में जाने के बाद उसके बाद फिर आपको अपने प्राइवेसी प्राइवेसी में जाना है प्राइवेसी में जाएंगे उसके बाद फिर आपको प्राइवेट सेफ का ऑप्शन दिखेगा ये देखिए ये प्राइवेट सेफ है प्राइवेट सेफ में अपना 500 डालेंगे आप उसके बाद उसके बाद ये आपको देखिए ए सेंटर आएगा आप अपना वीडियो पर टिक करके मैं टिक नहीं कर सकता हूं मेरे इमेजेस हैं वीडियो आईडियो जो भी है